हाय फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दालचीनी यानी के सिनामैन के कई सारे अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में दालचीनी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा लेकिन फिर भी आपके मन में एक डाउट हमेशा रहता है कि क्या वाकई दालचीनी या सिनामैन के उतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और क्या आपको इसके इस्तेमाल करने से फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा क्या दालचीनी को इस्तेमाल करने से उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और सबसे बड़ी बात की दालचीनी को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए तो अगर आपको इस सब के बारे में जानना है तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक हम एक एक करके बात करेंगे कि इसके वो फायदे कौन कौन से हैं और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं तो आइए शुरुआत करते हैं दालचीनी एक ऐसी हर्ब है जो बहुत ज्यादा एरोमेटिक होती है यानी कि खुशबूदार होती है ये एक बार्क है यानी कि छाल एक पेड़ की इस्तेमाल की जाती है और इसके अंदर बहुत सारे एक्टिव केमिकल कॉन्सूटेंट्स पाए जाते हैं जो हेल्थ बेनिफिट्स देने का काम करते हैं अब क्योंकि एरोमेटिक होती है ये डिलीशियस भी होती है ये स्वादिष्ट भी होती है इसलिए इसको बहुत सारी सब्जियों में या बहुत सारे भोजनों में व्यंजनों में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत जमाने से और इतना ही नहीं इसको बहुत सारी आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है इसके इन्हीं हेल्थ बेनिफिट्स के कारण तो आइए बात करते हैं कि वो हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं सबसे पहला और स्ट्रोंग हेल्थ बेनिफिट इसका यह है कि इसके अंदर बहुत ही पोटेंट और पावरफुल एंटी पाए जाते हैं ये पहले माना जाता था कि लहसुन के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं लेकिन अब नई स्टडीज से ये बात साबित हो चुकी है कि ऐसी कोई भी हर्ब नहीं है दालचीनी या सिनामोन के मुकाबले जिसके अंदर दालचीनी से ज्यादा पोटेंट और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हों एंटी का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो एक तरह से वेस्ट बनता है या जो टॉक्सिन बन जाते हैं या ऐसी चीजें जो हमारे शरीर को नुकसान करती हैं उनको ऑक्सीडेंट्स या फ्री रेडिकल्स कहते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है इन फ्री रेडिकल्स को या इन हार्मफुल केमिकल्स को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं अब क्योंकि ये पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स टी है ये एक तो आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है तो आपको जवान बना रखता है दूसरा इसके अंदर बहुत ही पावरफुल इम्यूनोमोडुलेटर्स पाए जाते हैं एक तरीके से आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है और आपको बहुत सारी इंफेक्टिव डिजीजेस से बचाता है दूसरा इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी यानी कि स्वेलिंग को और सूजन को कम करने वाली प्रॉपर्टीज पाई जाती है तो इसलिए जो बहुत सारी ऐसी दवाइया आयुर्वेदिक और यूनानी जो जोड़ों के दर्द में या आपके शरीर के अंदर कहीं पर किसी ऑर्गन में स्वेलिंग है या सूजन है या इंफ्लॉमेशन है उसको कम करने के लिए दी जाती है के इन्फ्लामेशन को इवन पेनक्रियास के इंफ्लामेशन को इवन आपके स्प्लीन के इन्फ्लामेशन को या आपके जोड़ों के अंदर या हड्डियों के अंदर अगर सूजन आ जाती है तो उसकी सूजन को या इन्फ्लामेशन को कम करने में भी मदद करता है इसलिए इसको बहुत सारी दवाइयों में पेन के तौर पर या ज्वाइंट्स पे पेन के लिए आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों में दिया जाता है तो आप अगर लगातार इसको इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन में तो आपको जोड़ों के दर्द की दिक्कत भी नहीं होगी और ये आपके बहुत सारे ऑर्गन को भी प्रिवेंट करेगा नंबर तीन ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है वो कैसे करता है क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिटेंट है वो एक तो कोलेस्ट्रोल को करते हैं है। और दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी ये जो कोलेस्ट्रोल का अच्छा वाला भाग होता जिसको है जिसको एच डीएल कहते हैं उसको इंप्रूव करता है उसको बढ़ाता है लीवर के अंदर उसका प्रोडक्शन और जो एल डी है उसको कम करता है और उसको वापस ब्लड से खींच के लीवर में लाके बाहर निकालने में मदद करता है अब अगर ये कोलेस्ट्रोल के डिपोजिट को कम करेगा अच्छे कोलेस्ट्रोल को बढ़ाएगा बुरे कोलेस्ट्रोल को कम करेगा तो आपकी आर्टरीज के अंदर जो ब्लॉकेज था वो कम होगा और तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा आपका ब्लड प्रेशर अगर कम होगा तो आपको हार्ट अटैक का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा जो चौथा इसका बड़ा फायदा है ये जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है उसको कम करता है इंसुलिन का मतलब होता है कि आपके पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनता है जो ग्लूकोज को आपकी सेल्स की तरफ लेके जाता है जिससे वो बर्न हो जाए लेकिन अगर इंसुलिन कम होता या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या वो रेसिस्टेंस हो जाएगा इंसुलिन तो फिर आपकी सेल्स के अंदर पूरा ग्लूकोज नहीं जाएगा और वो ब्लड के अंदर उसका लेवल बढ़ता रहेगा फिर आपका शुगर का लेवल बढ़ जाएगा अब क्योंकि ये इंसुलिन की रेसिसटेंस को कम करता है साथ ही साथ ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है पैनक्रियाज के अंदर तो आपके डायबिटीज के लेवल को भी ये कम करता है इसके अलावा अगर हम पांचवें नंबर की बात करते हैं ये आपको जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या जो न्यूरो न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज़ेस होती हैं खासतौर से बढ़ती उम्र के साथ कुछ बीमारियां डेवलप होने लगती हैं जैसे अल्जाइमर्स हो गया पार्किंसन हो गया इवन डिमेंशिया हो गया तो इसके जो केमिकल कॉन्स्टोरेंट्स हैं वो उन न्यूरो को एक्टिवेट करते हैं जो इन बीमारियों को कम करने में आपकी मदद करते हैं तो अगर आप लगातार दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो बढ़ती उम्र के साथ साथ आप इन बीमारियों के प्रिवेलेंस को या खतरे को काफी हद तक कम कर लेते हैं अब क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है साथ ही साथ ये आपकी सेल्स को रिपेयर भी करता है अब अगर ये सेल्स को रिपेयर करता है तो कैंसर का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है इसलिए इसके अंदर एंटी कैंसरियस प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं और इम्यूनिटी को ये आपकी इंप्रूव करता है तो आपको बहुत सारे बैक्टीरियल फंगल और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में या उनको दूर भगाने में आपकी मदद करता है तो इस तरह से आप देखेंगे इसके के जो ये अमेजिंग बेनिफिट्स हैं ये शायद अगर आप कोई दवाई अलग से ले तब भी आपको उतने बेनिफिट ना मिले हाँ अगर आप लगातार सिनोमैन का और दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और जिनका एज सच कोई नुकसान नहीं है अगर आप तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं तो जान लेते हैं कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है एक तो तरीका यही है कि हम प्राचीन काल से अपने भोजन में इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो आप लगातार अपने भोजन में दालचीनी का जरूर इस्तेमाल करें आप चाहे कोई सब्जी बना रहे हैं आप चाहे कोई बिरयानी बना रहे हैं या किसी भी तरीके का अगर आप भोजन बना रहे हैं तो, रहे, तो उसमें दालचीनी जरूर इस्तेमाल करें दूसरा आप इसको चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं दालचीनी वाली चाय पी सकते हैं तीसरा सिनामेन पाउडर भी आता है बस ध्यान रखें कि वो प्योर हो तो सिनामेन पाउडर को आप बहुत सारी चीजों पर आप छिड़क के इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सब्जी में छिड़क के खा सकते हैं सलाद पे छिड़क के खा सकते हैं लेमोड में छिड़क के या मिला के खा सकते हैं और क्योंकि एरोमेटिक होता है तो ये आपके स्वाद को भी इंप्रूव कर देता है जिस चीज पे आप सेनामेन को छिड़क के खाते हैं लेकिन आपको इसकी क्वांटिटी कम रखनी है अगर आप ज्यादा क्वान्टिटी में या ज्यादा डोज में सोनामिन का इस्तेमाल करेंगे या दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको नुकसान भी कर सकता है क्योंकि इसका जो टेपरामेंट है वो हॉट होता है और अगर आप ज्यादा दालचीनी इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये गैस्ट्राइटिस भी डेवलप कर सकता है आपकी इंटेस्टीन के अंदर कोलाइटिस के सिम्टम्स डेवलप कर सकता है तो इसलिए आपको डोज कम रखनी है बट खाना जरूर है कम मात्रा में खाए लगातार खाएं लगातार खाने में कोई नुकसान नहीं है हाँ आप अगर ज्यादा खा लेते हैं तो आपको इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा और अगर वाकई आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें दोस्तों को शेयर कर लें सो so दैट ज्यादा ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो so दैट इस तरह के अमेजिंग हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें, थैंक यू धन्यवाद